वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने फिर से एक अप्रेंटिसिप के बारे में जानकारी लाया हुआ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवंतपुरम में यह अप्रेंटिसिप निकली हुई है दिनांक 24 मार्च 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है अब हम इसकी पूरी डिटेल्स यहां पर जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अप्रेंटिसिप आर यूटेड फॉर द फॉलोइंग ट्रेड अप्रेंटिस प्रोग्राम इन देंटर अंडर द अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 सिक्सटी वन फॉर द ट्रेनिंग पोजिशन लाइक द करेंट ईयर इसमें कौन कौन सी ट्रेड मांगी गई हैं देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर टर्नर आर एसिंग मशीनिस्ट मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रोप्लेटिकर पासा मतलब कोपा गैस वेल्डिंग डीजल मैकेनिक, सीटरों की संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है योग्यता क्या है एन मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्रोविजनल एन टी सी सर्टिफिकेट स्टेपन दिया गया है आठ हज़ार पचास आठ हज़ार पासा ट्रेड के लिए सात हज़ार वेल्डर के लिए 7,700 रुपए सात स्टेपेंट दिया जाएगा पर मंथ वन ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान अब हम आगे देखेंगे इस तरीके ये सारी ट्रेड्स यहाँ पे मांगी गई हैं ट्रेड्स की जानकारी मैंने आपको दे दी है फिटर टेंडन मशीनिस्ट स्टार ए मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रोप्रेडिकल पासा मतलब कोपा वेल्डर इन सभी के ट्रेड्स से जिन कैंडिडेट्स ने आईडीआई किया है वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे हम देखेंगे ट्रेनिंग पीरियड है वन ईयर का है अप्रेंटिसिप वन ईयर की होती है अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशिक्षण के चयन के समय निम्नलिखित शर्तें लागू हैं केवल वही अभ्यर्थी आवेदन दें जो अपने अपने पाठ्यक्रम में पास हों मतलब जिन कैंडिडेट्स ने ऊपर मैंने आपको जिक्र किया जिस जिस ट्रेड से आई किया हुआ है अगर उनसे ही कैंडिडेट्स ने आई टी आई वही अप्लाई करें अदर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई मत करें नेक्स्ट बता दिया है आपको एन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए विद्यमान में नियमों के अनुसार एस सी एस के नियम महत्व देते हुए अभ्यर्थी द्वारा उनमें आईटीआई पाठ्यक्रम में, में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन पैनल बनाया जाएगा मतलब जो merit merit आपका जो मेरिट सिलेक्शन मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन किया जाएगा अगर आप मेरिट के अंतर्गत आएँगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस तरीके से नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी गई हुई हैं जो एज की लिमिट दी गई है वो आपको दी गई इकतीस तीन दो के अनुसार ऊपरी आय आयुषेमर 30 वर्ष होगी मैक्सिमम आपकी 30 साल तक की एज होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी के लिए 33, एस सी, सी, सी के लिए 35 साल पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाएगी इस तरीके से ये एज की कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है वल भारती ओनली इंडियन नेशनल अप्लाई नीड ओनली संलग्न जीवन व्यरित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत भरकर के स्वयं प्रमाणित प्रतियों के साथ पूर्ण भरकर आवेदन ये, ये जो फॉर्म फिल करके आपको ऑफलाइन माध्यम से प्रिंड करना है जिसकी अंतिम तिथि है 4 अप्रैल 2022 तक आपको ये फॉर्म इस दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए अब मैं आपको फॉर्म याद दिखा दे रहा हूँ कि फॉर्म किस तरीके का है ये आपके सामने फॉर्म है अप्रेंटिस फॉर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यह फॉर्म है इस फॉर्म को आपको फिल करके दिए गए एड्रेस पर 4 अप्रैल से पूर्व पहुँच जाना चाहिए अगर ये फॉम आपको चाहिए तो